हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकल रात दोस्तों स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में दोस्तों डीप इन्फार्मेशन में दोस्तों आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कन्वर्टल टाइप का अगर अगला बैरिंग टूट जाए गियर बक्स से समेत निकालना पड़े तो दोस्तों हम किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों तो पहले क्या होता था दोस्तों मैं आपको बता दूँ हमारे टाइम पर इंटरनेट नहीं था आजकल तो दोस्तों बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है इंटरनेट है आप अच्छी चीज़ें भी देख सकते हो बुरी भी देख सकते हो तो दोस्तों हमने जब प्लांट सीखा तो दोस्तों पूछ पूछ के ही सीखा इंटरनेट का इतना वो नहीं था जानकारी नहीं थी दोस्तों आजकल आपके लिए बहुत ही अच्छा वो है कि आप सर्च मारे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको किस तरीके से फ्रंट रोलर के बायरिंग वग़ैरह या गेयर बॉक्सा समेत तो किस तरीके से निकालना है दोस्तों क्योंकि ये दोस्तों प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है काफ़ी समय लगता है तो ये जानकारी दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायद, फायदे फ़ायदेमंद हो सकती है क्योंकि कभी ना कभी आपके साथ ये हुआ होगा अगर नहीं हुआ है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देख लें आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको अपने फ्रंट रोलर और गेयर बक्सा और कन्वर बेल्ट के नीचे से उतारना है दोस्तों दोस्तों जो कन्वर बेल्ट है कन्वर्ट बेल्ट दोस्तों खुलने वाली तो है नहीं कि आप खोल लो और लगा लो तो आपको करना क्या है दोस्तों पिछले अपने रोलर को लूज़ कर देने हैं ताकि आसानी हो गिर बक्सा समेत और रोलर समेत निकालने की तो आपको क्या करना है कि दोस्तों जहाँ पे आपकी सपोर्ट लगी हुई हो दोस्तों तो इन सपोर्टों में दोस्तों आपको दोनों तरफ कोई मजबूत पाइप का टुकड़ा लगा लेना है जिसकी हाइट कम से कम डेढ़ दो मीटर के आसपास हो दोनों तरफ लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि दोनों तरफ चेन को भी फंसा लेनी है तब आपको दोस्तों दोनों बोल्ट खोल के और धीरे धीरे आपको एक साइड से उठाना है दूसरी साइड से बेल्ट के अंदर से दोस्तों आपको नीचे उतारना है इस तरीके से दोस्तों आप गर बक्से को रबड़ के नीचे से निकाल के और तब नीचे निकाल पाएंगे दोस्तों क्योंकि जगह इतनी होती नहीं है कि दोस्तों हमने बोल से दोस्तों आपको नीचे निकाल लेना है नीचे निकालने के बाद दोस्तों अगर आसानी से अगर आपका गेर बक्सा और बैरिंग वगैरह नहीं खुलते हैं तो दोस्तों आप क्या करें कि प्रेस मशीन पर लेके जाए प्रेस मशीन पर आसानी के साथ खुल जाएगा और आपका गिर बक्सों को नुकसान नहीं होगा दोस्तों खुलने के बाद दोस्तों आप इसे इजीली से जोड़ सकते हैं जोड़ने के बाद दोस्तों आप उसे अपने तरीके से फिर जोड़ जाड़ के दोस्तों जिस तरीके से भी आपको उस पे काम करना है करके आप इजीली उसे लगा सकते हैं दोस्तों तो आई होप दोस्तों जरूर जानकारी अब अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में